सो so, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज बेस्ट वीडियो एडिटर के बारे में बात करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना दोस्तों आज हम बेस्ट वीडियो एडिटर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर यूट्यूब अपने क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप वीडियो एडिट करते हैं व्हाट्सएप स्टेटस के लिए या फिर इंस्टाग्राम uh, स्टोरी के लिए YouTube स्टोरी के लिए या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में जिसमें आप वीडियो बनाते हैं शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं उनके लिए आपको सबसे बेस्ट वीडियो एडिटर चाहिए तो आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा यूज करना चाहिए उसके बारे में मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कौन सा वीडियो एडिटर आपके लिए सबसे बेस्ट होता है और मोबाइल पर अच्छा काम करता है तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए मेरा नाम है अभिषिव कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नोजी शिव कुमार चैनल दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुँचे और दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अगर आप शेयर करते हैं शेयर करने से ये फायदा होता है कि अगर आप शेयर करने से ये फ़ायदा होता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर आपके दोस्त अगर वीडियो एडिट करते हैं और खोज रहे हैं कि सबसे बेस्ट वीडियो एडिटर ऐप कौन सा होता है और कैसे हम यूज करें उसको तो आप क्या करिए उसको शेयर कर दीजिए ताकि उसको वीडियो एडिट करने में आसानी हो जाए उसको बेस्ट वीडियो एडिटर मिल जाए और वो अपना वीडियो एडिट करना सीखे और तो इसलिए आपको शेयर करने से ये फ़ायदा होता है और चाहे तो आप मेरा वीडियो को आप अपना हिस्टोरी पे लगा सकते हैं या फिर आप अपना व्हाट्सअप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे वहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कौन सा सबसे बेस्ट एडिटर ऐप है तो मैं आपको नाम बताता हूँ कौन सा सबसे बेस्टर बेस्ट वीडियो एडिटर ऐप है वो है काइन मास्टर जो कि मैं भी यूज कर रहा कर रहा हूं और बिना वाटर मार्क का यूज कर रहा हूं आपको भी बिना वाटर मार्क का कभी मिलेगा आपको डिपकेशन भी लिंक मिल जाएगा वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद इंस्टॉल करके आप वीडियो एडिट करना सीख सकते हैं आपको मैं बता दूंगा किस तरह से कहाँ से यूज कर सकते हैं कायन मास्टर से आप वीडियो में एंड तक बने रहे मैं आपको फुल ट्यूटोरियल आपको इसी वीडियो में बताऊंगा किस तरह से काइनमास्टर मास्टर आप यूज कर सकते हैं और यूज करके अपना वीडियो को एडिट करना सीख सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं काइनमास्टर ऐप आप को अपना मोबाइल पे सो so दोस्तों मैं अब मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ आपको सबसे पहले अपना कायन ओपन करना है जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आने लगेगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है आप अगर यूट्यूब के बनाना चाहते हैं तो आ, स, आ, सोलो पॉइंट नौ ले लीजिएगा अगर आप मोबाइल के लिए बनाना चाहते हैं नहीं सीधा ऐसे खड़ा करके रखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से नो पॉइंट सो ले लीजिएगा इंस्टाग्राम के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं तो फिलहाल मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ तो ठीक है इसको मैं इस तरह से ले लिया उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ से कोई भी वीडियो ले लेना है गो जैसे ही वीडियो ले लिया तो अगर इसको थोड़ा जूम करना है तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आपको यहाँ से जूम भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके आप जूम भी कर सकते हैं नहीं करना तो कोई बात नहीं आप रहने दीजिए इसको उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्लिप आ गया यानी यहाँ से आप इस तरह से कोई पोस्टर लगा सकते हैं इस तरह से या फिर इस तरह से जो पोस्टर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लगा सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ से क्लिप ले सकते हैं उसके बाद दोस्तों को क्या करना है यहाँ से बाइक के जाना है आपको जैसे ही बाइक आएगा इसके बाद आपके पास यहाँ से स्पीड बढ़ाने का है तो आप चाहे तो स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर रहने दीजिए मैं इतना स्पीड रहने नॉर्मल बना देता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है फिर नीचे आता है यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं यहाँ से इसको आप रोटेट कर सकते हैं घुमा फिरा सकते हैं जैसे हम रख जाते हैं वैसे रख सकते हैं तो इसको भी मैं फिलहाल देता हूँ उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से कलर फिल्टर चूज़ कर सकते कलर लगा सकते हैं यहाँ से आप उसके बाद आता है यहाँ पर इसके बाद आपके यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको ब्राइट बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं आपको जैसा करना वो कर सकते हैं आप यहाँ से आपके लिए ये है उसके बाद दोस्तों आपके फिर इसके यहाँ पे इसके नीचे मत है आवाज़ को जैसा आपको रखना चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जब आवाज़ को बदल सकते हैं उसके बाद वॉल्यूम का आता है यहाँ से आप वॉल्यूम कम बेस कर सकते हैं वो आपके लिए यहाँ फिर वॉइस चेंज करने के लिए आता है वॉइस चेंज कर सकते हैं जिसका भी वॉइस लगाना आपको बच्चा का या फिर किसी का लाना है तो और उसके बाद यहाँ पे ऑडियो आता है यहाँ से ऑडियो भी ले सकते हैं उसके बाद दोस्तों इसमें से इतना ही सारा फंक्शन था उसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पे जो मीडिया है लेयर पे है यहाँ से हम देख, देख सकते हैं इस लेयर में क्या क्या हमको मिल सकता है लेयर पे जैसे क्लिक किए यहाँ पे आप मीडिया पर क्लिक कीजिएगा आप जिस तरह से यहाँ पर कोई भी वीडियो ले सकते हैं जैसे ये वीडियो लेना है तो ये वीडियो आप इसको अगर ग्रीन पर्दा है तो आप ग्रीन पर्दा हमें यूज कर सकते फिलहाल मेरे पास ग्रीन पर्दा नहीं है तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसको चाहे तो कट भी कर सकते हैं यहाँ से फ़िलहाल मैं जो तो कट नहीं करना है इसको रन देता हूँ उसके बाद एनिमेशन यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी फैक्ट पॉप जो भी देना है आप यहाँ से एनिमेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ से उसके बाद ओवरलेस एनिमेशन है उसके बाद फिर एनिमेशन आउट एनिमेशन है क्रोमा की यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं आपका वो ग्रीन हो जाएगा देख सकते हैं अगर मेरा जिस तरह ये था तो ये ले चुका है तो फिलहाल इसको हम रान देते हैं उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहां आ जाना है यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं इसको यहाँ पे क्लिक करके आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं जितना काटना चाहता है वो काट सकते हैं आप इसको यहाँ से फ़िलहाल मुझे तो बोले क्रॉप नहीं करना है रहा देता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है क्रॉप करने के बाद नीचे में यहाँ पर इस्पीड भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं उसके बाद रिमूव कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसको कुछ इस तरह से छुपा सकते हैं ये है उसके लिए उसके बाद दोस्तों आपके सामने में फिर आवाज़ का आता है वॉइस का आता है ब्लीडिंग काता है मतलब यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं ब्लीडिंग भी कर सकते हैं फिलहाल मेरे को कर नहीं करना है उसके बाद दोस्तों ऑडियो तो एक्शन इसी आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं डबल कर सकते हैं तो ये था कुछ एनिमेशन जो कि मैं आपको बता दिया हूँ उसके बाद दोस्तों आपको फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ डिलीट कर मैं आगे बढ़ता हूँ तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है फिर लेयर पे क्लिक करके आप यहाँ से इफेक्ट भी डाल सकते हैं जिस तरह से इफेक्ट आपको यहाँ पे डालना कहीं भी डालना है यहाँ से आप इफेक्ट डाल सकते हैं फिलहाल इफेक्ट मेरे को नहीं चाहिए उसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर यहाँ पर आता है स्टिकर चाहे तो आप यहाँ से स्टिकर भी लगा सकते हैं कोई भी स्टिकर ले सकते हैं यहाँ से आप फिलहाल मेरे को स्टिकर नहीं लेना है उसके बाद दोस्तों आप फिर यहाँ से लेयर पर क्लिक करके अब यहाँ से टैक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे में मतलब कि आप यहाँ से येल ले सकते हैं इसमें क्लिक करके यहाँ जो लकीर होता है वो खींचने के लिए आप यहाँ से इसको ऐसे ऐसे इस बताने के लिए जो भी आपका बताने के लिए आपका है तो आप यहाँ से बता सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से जिस तरह करना है हाँ? उसके बाद मैं इसको डील करता हूँ उसके बाद दोस्तों तो यहाँ पे आपका जाता है फिर ऑडियो लगाने के लिए अगर चाहते हैं कोई भी ऑडियो देने के लिए आप यहाँ से ऑडियो दे सकते हैं जो भी आपको जहाँ जिस फाइल में वो वहाँ से सुन सकते हैं लगा भी सकते हैं तो जहाँ से को लगाना वो आप वहाँ से जाके लगा जिस तरह हमको यहाँ से लगाना है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे इस पर तो ये ऑडियो लग चुका है उसके बाद दोस्तों अगर आपको डाउनलोड करना है कायन से ही तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नेट ऑन करना पड़ेगा इसके लिए ऐसे नेट ऑर्न के तो आपके सामने कुछ इस तरह से फिर इंटरफेस नज़र आ जाएंगे यहाँ से आप ये सब भी ले सकते हैं उसके बाद न्यू में कुछ फंक्शन आ तो ये सब न्यू है ये सब ले सकते हैं इफ़ेक्ट यहाँ से आप ले सकते हैं कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं अब यहाँ से उसके बाद दोस्तों इसके बाद यहाँ से आप म्यूजिक भी ले सकते हैं उसके बाद हार्ट भी हाट के भी ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा फंक्शन दिया गया जिससे कोई वीडियो आप ले सकते हैं वीडियो हो गया या फिर यहाँ सा वीडियो ले सकते हैं या फिर फोटो ले सकते हैं फिर टेक्स ले सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ से ले सकते हैं बहुत सारा इसमें भी गाना भी दिया जाता है डिस्प्ले के लिए या फिर इधर उधर के लिए बहुत सारा गाना दिया जाता है आप यहाँ से ले सकते हैं कोई भी गाना जिस तरह से आप ये आपको गाना सुनना है यहाँ से आप ले सकते हैं उसके बाद आपको गाना डाउनलोड कहां करना है यहां पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है देख सकते हैं आपको सामने डाउनलोड हो गया उसके बाद दोस्तों ये आपको गाना कहां मिलेगा आपको ऐसे बैक करना है बैक जाने के बाद आपको यहां पे म्यूजिक पे आना म्यूजिक पे आने के बाद यहाँ आपको म्यूजिक मिल गया उसके बाद देख सकते हैं वाई होम जिस तरह से गाना था ये यहाँ पर आगे डाउनलोड हो गया तो दोस्तों ये था कुछ सो so, दोस्तों ये था काइन मास्टर का फुल टिटोरियल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए और आप अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए आज के लिए इतना मिलता है अब अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत